जीवाजी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया एबीवीपी नेता ने कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि एबीवीपी को हल्के में मत लो नहीं तो कुर्सी चली जाएगी यहाँ बैठकर आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं एबीवीपी नेता जीवा जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी से नाराज एवी नेता दो बातों को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज हैं। पहला उन्हें जेयू के लॉ संस्थान में विभागाध्यक्ष ने बैठक की अनुमति नहीं दी दूसरा दीक्षा समारोह का उन्हें आमंत्रण पत्र भी नहीं मिला था बताया जा रहा है कि एवीबीपी के विभागीय संगठन मंत्री संदीप वैष्णव के नेतृत्व में लॉ संस्थान में बैठक बुलाई गयी थी जब ये बैठक करने पहुंचे तो विभाध्यक्ष डॉक्टर गणेश दुबे ने कहा कि अनुमति नहीं है इसलिए बैठक नहीं करने दी जा सकती यहां पर विवाद होने के बाद पांच कार्यकर्ताओं को कुलपति के पास भेजा गया वहां चैनल गेट पर ताला लगा हुआ था इससे एवीबीपी नेता नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया इस बीच एवी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई कुलपति व कुल, कुल सचिव जब उनकी समस्या सुन रहे थे तो एवीबीपी नेता आग बबूला हो गए और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे एवीवीपी नेता ने कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि -B -B को हलके से मत लो, नहीं तो कुर्सी चली जाएगी लाइव नहीं फिर भी बोले, क्यों नहीं बोले आपका भी नंबर नहीं हो इसलिए मैंने मैसेज जानने के बाद भी कौन कौन अटेंड नहीं हुआ उसके बाद पांच लोग इसलिए पूछा है एक बार आग्रह करके भैया विद्यार्थी परिषद तो कहीं नोल नहीं कराया क्या है तो आप यहां क्या गुंडागर्दी करेंगे नहीं। मैं क्या विद्यार्थी परिषद इतनी कमजोर नहीं है की पांच लोग हम प्रदर्शन करेंगे लोगों का बात करने आए परिषद को हल्के में मतलब नहीं तो आपकी कुर्सी जाते टाइम नहीं लगेगा उनको बुलाइए। तत्काल उठाइए। क्या तो बैठक की परमिशन दे क्या नहीं दे तो हमको लिख के आपको कोई दिक्कत बोलवा हम कल बताएंगे ना कि सब तो है सब ही नहीं प्रदर्शन करना था हमारा से पांच पांच लोग आए थे अब लोगों में आप तो गुंडे तो हो ना बड़े भारी हैं तो ये ये क्या दिख रहा तुमको थोड़ा सा